लीसा

तुम कर क्या रही हो ये तू क्या

क्या तुम जागे हुए हो क्या तुम नहीं ले सकते ब्रेकफास्ट काम पे जाने से पहले मेरे साथ क्या तुम थोड़ी देर और नहीं सो सकती मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे में तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता सो जाऊंगा <laughs>

आज तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। मैं, शायद मैं से उसके ऑफिस में ओके। okay. क्या तुम ला सकते हो एक बोटल वाइन आज रात घर के लिए कोई जरूरत नहीं घर में बहुत है क्या तुम इसे कर दोगे मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती शर्मिंदगी महसूस होती है प्लीज मैं कर लूंगा थैंक यू सो मच

हम मुझे जाना होगा जाओ हो फिर। तुम कमाल हो। अब तो जाना ही होगा आज मुझे शुरुआत करनी है क्या तुम लड़कियों से पूछोगी कि वो फ्री है क्या मतलब इस वीकेंड? ओ हाँ जरूर

मेरा है ना को मत भूलना मैंने चेक किया है उस घर को हमेशा से खाली ही रहा है वो घर जंगल के बीच में शायद तुम सीधे अंदर जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के ये तो बढ़िया है चलो अच्छा है अब पिकनिक के लिए एक जगह बन गई छुट्टियों में और क्या श्योर है वहां कोई नहीं रहता हाँ बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खबर कर देना

वादा करो ध्यान से रहोगे वहाँ जरूर हम आ? ध्यान से रहेंगे माँ <laughs> और अगर तुम बोर हो जाओ तो पापा और मैं आ जाएंगे वहाँ <laughs> नहीं मुझे नहीं पसंद विस्की आपको तो पता है मैं सकती विस्की छोटी हुई एलबी ठीक है अच्छा माँ क्या मैं लू एक और बी एल अ ये है

या तुमने और भी कोई प्लान बनाया है गर्मियों की छुट्टियों में न, मैंने सोचा है बाहर जाने का अगस्त में न, मुझे वक्त मिले तो अच्छा थैंक्स अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम तुम भी आ जाओ उस कैबिन में मछली पकड़ो या हेल्प करो पापा को <laughs> हा अच्छा है मम्मा हम सोचते हैं हाँ सोचते हैं क्या करेंगे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कैबिन में <laughs>

मुझे लगा तुमने कहा <laughs> <laughs> तो <laughs> हाँ, बिल्कुल है मैं तुम्हारे लिए नक्शा बना दूंगा वहाँ कुछ अनजानी सड़के हैं पर हम ढूंढ लेंगे बढ़िया <laughs> है

Oh, मैंने भी कर लिया है लिए चीयर्स चीयर्स चीयर्स चीयर्स तुम भी इवा। कैसा लग रहा है अच्छा है थैंक यू ओके okay, अच्छी लग रही हो ओके okay, बाय बाय हाय तुम तो पसीने में हो सॉरी मैं जिम में थी मारी के साथ अभी क्या तुमने पिकनिक की बात की

सॉरी वो नहीं आ सकती क्या वो पक्का आ रही है चलो शांति मिली ये अच्छा हुआ टॉप तो भी आ रही है तो हम चार लड़कियां हुई बहुत बढ़िया तो हम ले जाएंगे अपनी कार अच्छा तो लड़के उनकी कार ले जाएंगे बढ़िया है और कौन आ रहा है एलविन और मार्कस ऑफ़ कोर्स पर मैंने उससे अभी तक तो बात नहीं की पर क्या तुम उससे बात कर लोगी

मेरा ख्याल है वो बिजी है अपने दोस्तों के साथ शायद वो ना आना चाहे मैं नहीं चाहती की तुम उससे मिलो वो चालू खिलाड़ी तो है ऐसा नहीं कह सकती तुम उसकी बहन हो इसलिए मुझे पता है कि वो कैसा है तुम मेरे भाई को नहीं जानती अगर मैं कसम खाऊं कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी तो <laughs> ये कैसी कसम <कसंग> है <laughs> ओके। हाँ। मैं उसे नहीं बुलाना चाहती पर बुला लेती हूँ

कितना मजा आएगा मगर उसे बताओ कि हम तीन सिंगल लड़किया आ रही हैं वहां जरूर बताना <laughs> जरूर जरूर मैं उसे बता दूंगी <laughs> यहाँ कस्टमर आने वाले हैं तो ओके, okay, okay, मैं जाती हूँ बाद में मिलते हैं। <laughs> मैं कितना उत्साहित लेना तुम्हारे लिए सरप्राइज है आ, क्या है इंतजार का फल मीठा होता है

मैं कितनी खुश हूँ तुम आ गई मैं शायद तुम्हारे बिना नहीं आती न, मेरा कमीना कमी ना बॉसिया नहीं देना चाहता था तो कैसे मैनेज किया मैं पास है अच्छी लीना। तुम्हें पसंद आएगा उसका स्वाद ये मीठी और सूची के साथ शबाबी तुम्हें करना चाहिए

मीठी और सूखी एक साथ <laughs> लीना रुको वहां साइमन है क्या वो आ रहा है हाँ उसे बताया तुम आ रही हो थैंक्स मदद के लिए पर मुझे तो मौका ही नहीं मिला हाय कैसे हो मैं अच्छा थैंक्स

ऐसा लगता है कमाल की होगी छुट्टियां इस बार। साइमन, <laughs> मैं आऊं तुम्हारे तो साथ नहीं ऐसा लगता तो नहीं को आगे ड्राइव करने को हो, हमें रास्ता पता okay. okay. बहुत दिनों बाद मिले हाँ देख कर अच्छा लगा हाँ मुझे भी ये मार्कस हाय मैं मार्कसन हाय

क्या ये भाड़े की कार है नहीं ये कार है क्या हुआ तुम्हारी कार को अभी भी है मेरे पास क्या पक्का है? हाँ। <laughs> <laughs> अच्छा सुनो लड़कियों ने हमें पहले गाड़ी चलाने को कहा है उन्हें रास्तों का कुछ पता नहीं है ओके okay. कहा जा रहे हम एक कॉटेज जो मेरे पापा ने ढूंढा हमारे लिए छकाश लेकिन ज्यादा मजा आता उस कार में <laughs>

ये रास्ता तीन मील तो नहीं था हम है। हैं? रुको भाई बताता हूं हायविन हम कहा पर हैं हमें कहा जाना है हमें सीधे अंदर जाना वहां से वो कितना हॉट है इदा का भाई <laughs> तो चले चलो मारी अभी हाँ

मुझे लगता है आज बहुत मजा आने वाला है सच में हाँ बहुत दिनों बाद हम सब ऐसे मिले हैं ना हाँ जब तक पापा अपना प्रॉमिस याद रखें तुमने ये घर नहीं देखा नहीं मगर बहुत अच्छा है पापा ने कहा कैसा है साथ ईदा का और अच्छा पहले से तो और भी बेहतर

सही है मुझे तो लड़कियों के पीछे भागना पड़ता है, तुम्हें पता है? इस ट्रिप में बहुत सारी गर्ल्स हैं चुनने के लिए काश मैं भी सिंगल होता देखो कोई खड़ा है अच्छा सारा सामान तो अच्छी मुझे नहीं पता

क्या तुम्हें कुछ चाहिए एए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ये अपने आपको समझता क्या शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहता चलो हाँ, चलो चलो चलें। ये सब क्या था आ भूल जाओ

ये घर तो खंडहर है तीन दरवाजे हाँ, ये तो नया है सभी दरवाजे तो बंद हैं। अलविंद क्या तुम्हारे पास शादी है नहीं तो लूफ ने कैसे सोचा कि हम अंदर कैसे जाएंगे उसने कुछ सोचा ही नहीं मैं शायद ये ताले खोल सकूं

क्या हाँ इसकी जरूरत पड़ती थी बचपन में स्कूल में <गाँग réussi> तो तुम्हारे अंदर एक बंजारा भी छुपा हुआ है मुझे यह पता नहीं था ऑल द बेस्ट मारी मारी इस तरफ

चलो चलो आओ हाँ। हाँ। चलो डराते हैं को आलो डरा देखो ये खिड़की खुली है मैं तुम्हें अंदर पहुंचाता हूँ फिर तुम बाहर का दरवाजा अंदर से खोल देना मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगी नहीं नहीं पर मैं अकेले नहीं जाऊंगी तुम कर सकती हो ओके अगर मेरा बैग ले लो तो

मार्कस यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपनी आंखों का इस्तेमाल करो अपनी आंखों का इस्तेमाल करो

तो कमाल है

हेलो किसने कहा था मैं बेस्ट हूं और सबसे हैंसम भी क्या तुमने क्या ये खुल गया तुम कितने टैलेंटेड हो जानू

ये कुछ ज्यादा हो गया शायद मैंने दया स्टाइल में दरवाजा तोड़ दिया होता हाँ फिर जंगल के मोटे मच्छर हमें खा गए होते क्या हम चले? तो ये है जंगल हाउस क्या कुछ अजीब सी महक आ रही है क्या जगह है ये सोचो वो इसे ऐसा ही छोड़ के चले गए

हाँ, सच में। oh my God! तुमने तो मुझे डरा दिया तुम अंदर कैसे आये तुमने वाकई मुझे हिला दिया <laughs> <laughs> मेरा तुम फंस गए

<laughs> लीना भी भी। डर गई और मैं मजा मुझे तो आ, तो नहीं जगह मेरे डैड ने बढ़िया किया न एकदम बढ़िया

कितने साल पहले हमने ऐसे छुट्टियां बिताई थी ये लड़कियों को बहुत पसंद आएगा कहा अजीब है तुम्हारी फैमिली कितनी अलग है क्या मेरे पेरेंट्स तो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए हाँ

<laughs> तो हम यहां सोएंगे आज रात हम्म पिंक ये तो मेरा कलर है है ना अब तुम क्या सोच रही हो पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए

हम तो एल्बिन को डराने वाले थे क्या हुआ पता नहीं तबियत कुछ अच्छी नहीं लग रही क्या कुछ सीरियस है कम हमें यहां अच्छा वक्त बिताना है तुम बीमार नहीं हो सकती थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आ, मैं अंदर जाती हूँ मैखी तुम्हें चाहिए तुम्हारा बैग या नहीं

मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक सुनाई सुनाई नाम

कमाल की जगह ढूंढी है पिकनिक के लिए पापा ने। एक सालों से जापान में सेटल होने की बात कर रही है पांच साल से वो फंस गई है लेकिन हमारे साथ <laughs> मजाक छोड़ो चेयर्स करो के लिए चेयर्स मारी के लिए

ओ, ये तो बाए वो जरा बहुत बढ़िया कर मुझे मुझे भी दो दो दो मुझे भी दो दो अच्छा लग, लग रहा है बहुत तो अलग बिल्कुल बिल्कुल जंगल के अंदर सब सब इतने सालों बाद अच्छा की वहीं तो तो तो हम अरे बात सुनो हाँ और नहीं तो क्या

की हो अब तक मुझे बाथरूम जाना है देखा ज्यादा पीने के बाद यही होता है इसकी तबीयत को भी अभी खराब हो रहा था <laughs> मुझे बहुत खराब फील

बैटरी खत्म

मुझे डरा दिया क्या तुम यहां से हटोगी मारी चलो दूसरों को भी जगे दो सुनो मारी कमान जवाब तो दो

ये साला हो क्या रहा है आलमेन जाओ इसे बांधने के लिए कुछ लाओ सीधा बैठो तुम हा

क्या तुम तो मुझ सुन सकती हो? हे इसने पर दिया। लीना कोई टॉवल या बैंडेज लेकर आओ मुझे खून रोकना है संभालो अपने आप को टॉप मुझे ये मिला

ये ठीक है? नहीं इसका ऊपर का होठ फट गया है इसे जल्दी ले जाना होगा हॉस्पिटल मुझे मदद करनी है है साइमन की। मार्कस? पता नहीं शायद वो बाहर गया होगा मारो मारो मुझे मारो।, चुप मारो, रहो, मारो, मारो, मारो चुप इससे मारो, पहले कि मैं तुम्हारे

भगवान अभी हाँ। मुझे एक और धासो आइडिया आया अबे तुम आखिर थे आखिर हुआ क्या? रहा से? ये बंदी हुई क्यों है ये बिल्कुल पागल हो गई अभी ओके मैरी को ये क्या हुआ बता दो ये ऐसी कैसे हो गई ये सीढ़ियों से नीचे आए और मुझ पर हमला कर दिया पता नहीं क्योंकि क्या तुमने उसकी आंखें देखी

भगवान तुम्हें हुआ क्या है आ, क्या ऐसे रैबिस हुई है या क्या क्या ऐसा होता है रैबिस से? क्या इसने ड्रग्स लिए ड्रग्स से ऐसा होता है कभी क्या दरवाजे कभी भी खोलना मत आखिर सुनो पार्कस किचन में जाओ अभी साइड का दरवाजा बंद करो और मेरे पीछे खड़े रहो

मेरे पीछे अभी मुझे दो वो टॉवल तुम दोनों चुप रहो मैं संभालता हूं कौन सुना क्या अंदर सब कुछ ठीक है हाँ क्यों नहीं होगा तो हमें

मुझे अंदर आने देना होगा किस लिए मुझे तुम्हारी दोस्त को देखना है आखिर तुम हो कौन क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे अंदर को पीस। सच्चाई ये है मैं यहीं पास में ही था और यह शोर सुनकर यहां आ गया मुझे अंदर आने दो देखो मुझे पता नहीं तुम कौन हो और तुम यहां राइफल लेके खड़े हो

यहां से चले जाओ बात हो गया मुझे अंदर आने दो अरे नहीं शांत रहो वो कहा है दरवाजे के पीछे

ना क्या हाँ नहीं ये लड़की मर चुकी है क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब है यह तो यहां जिंदा बैठी है हमारे सामने यह अब कुछ और बन चुकी है बहुत देर हो गई इससे छुटकारा पाना होगा देखो शांतरो

अगर तुम्हें कुछ पता है इस बारे में तो हमें शांति से समझाओ पीछे हटो, हटो पीछे बाहर खड़े रहो साइड में खड़े रहो उधार चलो अभी ये कौन ये क्या मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कुछ दिन पहले मेरी बीवी और बेटी यहां आए थे जंगल में

ट में रहना जब तुम तैयार हो रहे हो ताकि हम फिर यहाँ जरूर पर क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा हाँ तुम पकड़ो मछलियाँ हाँ। और हम इंतजाम करते हैं मशरूम्स का लेने गए मशरूम्स यहाँ जंगल के मशरूम्स पता है न पीले और मुलायम होते हैं हाँ, मुझे पता है ठीक है गुड लक बाय ध्यान रखना फिर मिलते हैं ख्याल रखना अपना

और फिर उन्हें एक घटिया घर मिला मुझे नहीं पता क्या हुआ पर कुछ बहुत अजीब सा था उसकी आंखें में वो कोई और तुम्हें एग्जैक्टली पता क्या है ओके मेरे दादाजी ने कहानी सुनाई थी मुझे बचपन में एक कीव धंती ऐसे प्राणियों के बारे में जो जमीन के अंदर रहते हैं

अगर तुम इनके इलाके में आ जाते हो तो सब कुछ खराब हो जाता है मुझे बताया कि अगर वैसा विचित्र प्राणी तुम्हें दिखाई दे तो पलटो वहां से और तेजी से भाग जाओ वो इतने ताकतवर हैं कि अगर तुमने उनकी आंखों में देखा तो तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं

एक मिनट राइफल वाले बाबा जी क्या भूत चुड़ैल की मनगणन कहानियां सुना रहे हो कहानी नहीं सच है और यहां पर वही हुआ है क्या हुआ तुम्हारी फैमिली को वो नहीं रहे वो मरने से पहले ले जाने उसने मेरे कानों में धीरे से कहा मा, मा।

मुझे घर मिला हम देखाने में गए पापा। यहां इस लड़के के साथ भी वही हुआ जो मेरे दादाजी ने बताया था जैसा मेरी बीवी और बेटी के साथ हुआ वैसा ही अच्छा तो तुम कह रहे हो मारी को सुनो मेरी बात

यह लड़की मर चुकी इसके शरीर को शैतान ले चुका यहाँ पर अब सब खतरनाक होगा तुम्हें बुलानी होगी पुलिस पर सबसे जरूरी यह है इसे अब छुटकारा हाथ लोक को इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा कोई डॉक्टर इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्या कोई इसके संपर्क में आया है जब से यह ऐसी विचित्र हुई है हाँ हम सब इसके पास ही में थे क्यों

नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो मेरा मतलब अगर इसका खून तुम पर गिरा या इसने तुम्हें खरोचा या काटा अगर एक बार इससे संपर्क हो गया तो यह फैलता जाता है तुम सब भी ऐसे ही हो जाओगे इसे खत्म करना होगा बेहतर होगा हाँ इसे चला दो यह पागलपन हम नहीं करने वाले नहीं हम बुला रहे एक एम्बुलेंस

सब ये सब, क्या सब

वही रहो आ, क्या तुम ठीक हो क्या हुआ कहा है जो वो तो बिल्कुल विचित्र पागल हो गई मुझ पर हमला क्या खिड़की से बाहर कूद गई यहां साला कुछ भी ठीक नहीं है तुम कहां जा रहे हो ईदा या हम जा रहे हैं साइमन रुको मुझे बुलानी होगी पुलिस ओ कमान

Simon, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो हम सब भी चलेंगे देखो मुझे दूसरों की कोई परवानी जो मैं कह रहा हूँ करो और यहाँ से निकलो हमें मदद चाहिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है पर... पास नहीं कोई और रास्ता चलो यहाँ से साइमन छोड़ो उसे क्या चाहिए तुमने सुना ये तुम तय नहीं करोगे की ईदा को क्या करना चाहिए मैंने पुलिस ऐसी बात की उन्होंने कहा किसी को उनके पास जाना होगा मिलने कार में ठीक है तो मैं जाता हूँ

यही रुको और सड़ो तुम सब मैं तुम्हारे साथ आता हूँ अरे ये आइडिया तो कमाल होगा तुम तो मेरे साथ नहीं आ रहे कभी भी मैं तुम्हारे साथ आती हूँ नहीं यही सुनो ये बेहतर होगा अगर हम दो तो हो तो सर ठीक हो जाएगा तो चलो देखो यदास सब कुछ ठीक होगा प्रॉमिस तुम लोग होशियार रहना

आ, पापा हेलो क्या लाइन पर है हेलो सुनाई दिया क्या हाँ सुनाई दिया क्या तय किया हम में से दो लोग मिल रहे हैं आपसे हमारी कार में कहा, कहा जा रहे हो मैं कुछ चेक कर लेता हूं क्या जरूरी है बस यहीं पर मेरे करीब रहो

ये इसे पकड़ो इसका मैं क्या करूं काम आएगा इसे मैं लेता हूं ये क्या है

नहीं ये तो चिड़िया है विचित्र है क्या इन्होंने एक दूसरे को खा लिया है चलो आ रहा हूं

विचित्र शैतान चुड़ैल तुझे अभी खत्म करना होगा रुख चुड़ैल हाँ पका हाँ, राइफल राइफला रुक, अभी बताता हूं

Ah. Ah. Uh.

नहीं मेरे साथ नहीं नहीं, नहीं भी, नहीं। नहीं। नहीं भी।

habe wir nicht mehr oh karle sara oh <laughs> sara <Lisa. laughs>

हम रुक नहीं सकते तेज चलो चलते चल दे दिखाई नहीं दे रहा है तुम मेरे आगे हो फ्लैशलाइट के साथ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है ओके इधर आओ साथ रहते हैं ये शायद गलत वक्त है पर मुझे कुछ पूछना है क्या <स्थ> रुको एक सेकंड क्या हुआ है

बात क्या है कुछ भी ठीक नहीं मुझे पता है तुम शॉक हो जब से यह सब हुआ है मेरी और तोफ मैं उन्हें नहीं जानता पर मैं खुद भी खराब महसूस कर रहा हूं जब से यह सब हुआ सब ठीक हो जाएगा हम जा रहे हैं पुलिस के पास

जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और नहीं, भाई रुको क्या हुआ भाई रुको हुआ क्या मेरे करीमताना मेरे वही रुको साइमन, क्या हुआ मैं जा रहा हूँ तुम यहीं रुको <laughs> क्या पागल हो गए हो तुम मुझे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते ना। नहीं

मैंने कहा था दूर रहो मुझसे

मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे लेटना होगा हाँ, क्या तुम्हें चाहिए कोई ड्रिंक <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मैं तो गया है है ना मैं किसे पियो

ध्यान से सुनो सुनो पुलिस पुलिस आती ही होगी सब सब ठीक ठीक हो हो जाएगा मैं, मैं कह रहा हूं, सब होगा सुना तुमने तुम अब तक क्यों पर किसी भी वक्त पहुंचती होगी गई

क्या? मारी चली गई क्या मतलब गई बात कर सूत्र भागा मेरा खून निकल रहा है क्या वो मेरी

पता नहीं आ, आ, आ, आ, आ, आ, क्या करें आप रुको

वहीं रुको ईदा वहीं रह है ना

गधे कहीं के यहाँ आओ नहीं नहीं

मेरे तरफ देखो हमें जाना होगा हम नहीं रुक सकते कहा है तुम्हारा फोन सोफा पे शायद ओके चलो क्या हमें इंतजार नहीं करना था? नहीं हमें निकलना होगा हम जंगल के रास्ते से बाहर जाएंगे

नोट हो यहां से जाना है यह तो और भी खतरनाक है अंदर चलो

Oh <sighs>

이다 이다 तुम का आओ

दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा साइमन पुलिस साथ है क्या कहा है लीना मैंने कहा खोलो इसे खोलो इसे

तू भी आजा।

कर दो लीना, लीना मुझे बात कर दो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था लीना, प्लीज़ ऐसा मत करो लीना, ऐसा मत करो।, करो वो अभी भी बाहर है मेरा ख्याल है वो मार्कस है

ये बहुत ऊंचा है हमारी हड्डियां टूट जाएगी हमें बाहर निकलना ही होगा ये हमारा इकलौता चांस है कैसे हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे

अब ऐसा करते हैं हम अब पुलिस का और इंतजार नहीं कर सकते मैं रस्सी ढीली कर रहा हूं अगर मार्कस बाहर है तो मैं उसे तभी मारूंगा मेरे पीछे रहना और कुछ मत करना जब तक मैं कुछ न कहूं हाँ गे. गे?

हम यहाँ सड़कर नहीं मरने वाले हम यहां से निकल जाएंगे क्या तुम तैयार हो हुँ। हुँ। चलो यहां से निकलते हैं

लीना, ऊपर जाओ फिर से ऊपर जाओ जाओ जाओ जल्दी कोई और आज ढूंढो

Уборь

अभी निकलो मैं तुम्हारे पीछे हूं मैं नहीं जा सकती मैं नहीं कर सकता मैं वहां आता हूं जल्द चाहता तुम।

Simon Simon Simon yo

दा इदा, इदा!

दा हनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो कुछ कहो भी कुछ कहो

Alvin Alvin

này này này này này này, này.

to suffer be